हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवान क्लास में तो हम शुरू करते हैं करते okay. राधस्या ज्ञानंजनाशलाक चक्ष तस्में मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदाह ददाती सत्पदाक वंदेह श्रीगुरू श्रीयुतापल श्रीगुरून वैष्णवश्रीूप साग्र जा सहगढ़ रघुनाता तम सजीव साधुवे सवधूत सहित श्री राधा कृष्ण पान सह गढ़ हे कृष्ण कूणा सिंधु दीन बंधो जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते गौरांगी राधे वृंदरी वृषभासुते देवी प्रणमा हरी प्रिय वाछ्याकूभ कृपासींधुव पतितावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअुत गाधर श्रीवासा गौरभक्तवृंद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 निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात हरे कृष्ण ठीक है तो ये जो क्रम चल रहा है जिसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें हम आगे अब चलते हैं भगवत भगवदगी रूप अध्याय दस श्लोक क्रमांक चौबीस में ठीक है चौबीस में तीन विभूतियों के बारे में बता रहे हैं एक तो पुरोहित में और एक स्कंद मतलब कार्तिकेय और सागर मतलब समुद्र तो तीन मूर्ति वो मैं हूँ ठीक है तीन मूर्ति के बारे में बता पहला श्लोक पढ़ते हैं पुरोधसा च मुख्यम च विधि पार्थ बृहस्पति सेना स्कंध सरसास्गर च मुख्यपति से सागर पुरधस मुख्य मददृहस्पति तो पुरोधशाम का मतलब होता है पुरोहित कहते हैं ना हमारे पुरोहित हैं पुरोहित मतलब जो सबके मुखिया होते हैं ना मुखिया तरीके से होते हैं किसी चीज के, के पुरोहित पुरोहित तो कह रहे हैं पुरो, पुरो चा माम विधि पार्थ बृहस्पति तो पुरोहित में मैं बृहस्पति बृहस्पति कौन है हाँ इंद्र के पुरोहित जितने भी पुरोहित हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं बृहस्पति पुरोहित बहुत सारे हैं देवताओं के सबके अपने अपने पुरोहित हैं लेकिन क्योंकि इंद्र श्रेष्ठ है तो उनके पुरोहित भी श्रेष्ठ हैं सीधी सी बात है तो जिस तरह इंद्र सभी देवताओं में राजा हैं वैसे ही उसी प्रकार उन्हीं के पुरोहित है तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है तो इसलिए कह रहे हैं कि देवताओं के जो गुरु बोले जाते हैं देवगुरु बोले जाते हैं देवताओं है देवताओं के देव गुरु कौन है बृहस्पति तो कह रहे हैं मुख्य माम विद्य पार्थ बृहस्पति हे पार्थ पुरोहितों में मैं, मैं बृहस्पति में ठीक है नीचे बोल रहे हैं सेनानी ना अहम स्कंद सेनाओं में जो सेना है ना सेना होती है युद्ध के लिए सेना जब तैयार होती तो मतलब है तो सेनाओं में स्कंद में हूँ स्कंद मैं हूं स्कंधा मतलब कार्तिकी में हूँ कार्तिक कौन है हाँ शिव के पुत्र हाँ कार्तिके तो उनके दो पुत्र थे शिव और दुर्गा के तो शिव और पार्वती के एक गणेश और एक कार्तिक ठीक है तो कार्तिके बड़े थे और गणेश छोटे थे ठीक है तो ये कार्तिके वो मैं हूं तो कार्तिक कहते सेना नायक होते हैं ना उनके सेनापति हैं ये मतलब जहां कहीं भी मतलब जब देवताओं में युद्ध की तैयारियां होती हैं तो उसमें जो पूरा सारा कुछ सेनापति नहीं होते सारा कुछ अरेन्जमेंट करते हैं जो वो है कार्तिके और कह रहे हैं रसा सर सरसामी में सागर सागर सागरों में में समुद्र हूं मतलब जलाशय में में सागर अच्छा। जलाशय मतलब कि जो पानी का जलाशय होते अच्छा। ना तालाब वगैरह बड़े बड़े उसमें सागर नहीं हूं यानी समुद्र में हूं जैसे बताते हैं कि जब कार्तिकेय का जन्म हुआ था उससे पहले कार्तिकेय का जन्म से पहले कौन था देवताओं का सेनापति मतलब कौन था सेनापति था कार्तिक तो पता चल रहा है लेकिन कार्तिक तो नहीं थे तब पहले कौन था नुण। नुण। <laughs> से सुन रहे हैं हाँ <laughs> खटवांग खटवांग महाराज थे बताओ खटवांग महाराज जो मनुष्य लोक के थे हाँ वो खटवा महाराज ये सेनापति थे देवताओं के थे पृथ्वी पे और देवताओं के थे यानी इनके डायरेक्ट कनेक्शन किससे था स्वर्ग वगैरह लोगों से जब भी कोई दीप तो जब संकट में पड़ते थे युद्ध होता था तो खटवांग महाराज को बुलाते थे आओ युद्ध करो हमारी तरफ से वगैरह तो सारे, सारे को, को भगा देते थे। उसके बाद फिर बोलते थे क्या चाहिए तुम? मुझे बस इतना बता दो कि मेरे पास कितने क्षण है तो कह रहे बस एक ही क्षण है ठीक है तो टाटा बाय बाय जा रहा हूँ फिर कहाँ चलेगा खटवा महाराज तो फिर वो भगवान की प्राप्ति किए भगवान की भक्ति करके भक्त तो थे मतलब तो खटवा महाराज तो अब ये देख लो कि पहले के टाइम पे जब खटम महाराज थे तो इतने शक्तिशाली मनुष्य थे कि बताओ देवताओं के सेनापति थे बताओ देवताओं सेनापति थे हम तो देख ही नहीं सकते स्वर्ग को यहाँ से और वो बताओ चले जाते थे कैसे जाते थे कौन से यान से यान जाते होंगे और आज के अगर जब आज के समय में देखे तो स्थिति यह है कि पूरा देश मिलकर भी के भी किसी देश से युद्ध नहीं कर सकता सब डरते हैं अंदर ही अंदर अभी चाहे तो अमेरिका के पूरा खत्म कर सकता है चाइना को कि एकदम फटाक खत्म कर दे डरता है अभी तक तो खूब करा तो नहीं ना अभी तक अंदर अंदर से डरते हैं नहीं करते महाराज एक अकेले थे जो कि देवताओं में जाके वहां पर जाके युद्ध करते थे इतने बड़े पावरफुल थे तो अकेले ही देवताओं के युद्ध का संचालन करते थे कि कैसे युद्ध करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वो संचालन करते थे सेनापति की तरह तो फिर देवता जीत जाते थे और खुद भी लड़ते थे अब एक क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि बृहस्पति जी कौन है चैतन्य लीला में सब तो चैतन्य महाप्रभु आए पांच सौ साल पहले तो उसमें सब लोग आए थे मतलब अवतार ले, ले के मतलब उससे तो चैतन्य लीला में बृहस्पति जो थे जो देवताओं के गुरु थे वो कौन थे चैतन्य लीला तुम जो तो दर्शन करने गए थे ना हाँ गए नहीं थे तुम तो मायपुर गए थे ना याद है यादेपन वहां गए थे जो जहाँ पे तुम लोग आगे निकल गए थे मैं पीछे रह गया था फिर बहुत दूर आगे पैदल चल के काफी आगे पैदल चल के फिर जहाँ पे वो असोसिएशन चैनल वाले नहीं है जो मिले थे वहां पे बना रहे थे वीडियो सारवा भट्टचार्य की वो कुटीर थी वहां पे सारम भट्टाचार्य का मतलब घर था तो सार भट्टाचार्य जो है वो है बृहस्पति के बृहस्पति के गुरु नहीं बृहस्पति के अवतार मतलब बृहस्पति में तो अपन गए थे ना उनके फिर देवी देवताओं के गुरु कौन है बृहस्पति है तो ये बहुत पढ़े लिखे मतलब देवी देवताओं के गुरु है ना तो गुरु है तो यानी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए देवताओं के तो बहुत क्वालिफाइड इस तरीके से तो, के तो सब जानते एक्सपर्ट थे कमांडर थे बहुत एक्सपर्ट सेनापति तो युद्ध का अरेंजमेंट करते थे ये ठीक है और जलाशय में समुद्र है ही तो बहुत सारे पुरोहित हैं देवताओं के लेकिन देवताओं में देव गुरु बृहस्पति जैसे कि प्लेनेट जो होते हैं ना तो प्लेनेट हम बताते हैं जपट कौन सा ये जैप्लीटर है ना जैपिटर है ऐसे कुछ इंग्लिश में कोई ढूंढ लेना बृहस्पति को इंग्लिश में कौन सा प्लेनेट है ऐसे मतलब ये एक तरह से अच्छा प्लेनेट है और एक प्लेनेट है शुक्राचार्य का उसको बोलते हैं एक वीनस प्लेनेट है और एक जप्लीटर जपिटर जपिटर जोपिटर हाँ जोपिटर जोपिटर प्लेनेट है एक वो बृहस्पति है और एक वीनस प्लेनेट है वो शुक्राचार्य ठीक है तो ये दोनों क्योंकि आपस में आंकड़ा था ना इनका ये शुक्राचार्य ने वो, वो असुरो के देवगुरु हैं मतलब असुर के वो हैं सारे और ये देवताओं के तो दोनों को कंपटीशन हो गया ना एक उस पे तो इस तरीके से दोनों प्लेनेट है बता रहा रहे और कार्तिकी जो थे स्कंद बोलते हैं इनको उनका वाहन कौन सा है शायद मयूर मोर से ही बोलते हैं ना मयूर हाँ मयूर मोर से ही बोलते हैं मयूर वाहन है और गणेश का क्या है रैबिट तो सबसे बड़ा चल बड़ा जलाशय सागर है ये भी पता चल गया ठीक है तो जहाँ भी कोई बड़ी बात होती है या कोई गुण होता है या कोई जिसमें टॉप मोस्ट चीज है वो कृष्ण कह रहा है वो मैं यानी हम जो भी चीज देखते हैं उसमें जो हमें सबसे अच्छी चीज लग रही है वो कृष्ण है हर एक चीज में अगर हम ब्रेड पकौड़ा भी खा रहे हैं जो समर्पित है उसमें भी अगर कोई एक अच्छी चीज लग रही है तो वो भी कृष्ण है जैसे कभी खाते ना अपन तो बड़ा बीच बीच में बड़ा आनंद आता है खाने में मलाई मलाई मिलती है तो वो उसमें सबसे अच्छा टॉप गुण वही हो गया ना खाने का तो वो कृष्ण है तो जो भी कोई चीज अच्छी होती है जो भी गुण होता है स्पेशल गुण है वो कृष्ण ही है ठीक है एक क्विज़ और है बहुत सारे पेज हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ तो समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ तो यहाँ पे जलाशय का मतलब है जो जल स्थिर रहता है उस जल के बता रहे हैं मैं समुद्र हूँ नदियां नहीं बता रहे अभी नदियों में तो बताएंगे मैं गंगा यमुना मतलब ये गंगा बोलेंगे शायद गंगा हूँ तो ये भगवान ने बोल दिया लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं स्थिर है जो समुद्र चलता है कहीं समुद्र पानी भरा रहता है ना चलता कहा है? समुद्र पानी चलता है ऐसा नहीं कि नदी की तरह चल रहा हो समुद्र स्थिर रहता है वो स्थिर रहता ना तो स्थिर की बात चल रही है पे स्थिर का मतलब कि जलाशय में जलाशय वो तो स्थिर होते हैं ना तालाब है कोई तो तालाब में पानी भरा ही तो रहता है तो इसलिए कह रहा हैं जलाशय में समुद्र यानी स्थिर रहता है पर। पर कहा इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का रा, स्वर्ग का राजा कहलाता है जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। अच्छा इंद्रलोक कहलाता है और इंद्रलोक का शासक यानी राजा है इंद्र इंद्रलोक का राजा कौन है इंद्र नाम क्या है विपुंद क्या बताया था मैंने कल विपुंदर भूपेंद्र विपुंदर बताया था सर देख लेते हैं ना कर दे तो करा था ना परसों परसों पड़ेगा अब ये ढूंढना पड़ेगा पता नहीं कहा विपुंदर विपुंदर कुछ ऐसे ही है क्या श्लोक का श्लोक क्या था लोग बाईस बाईस में तो नहीं दिख रहा मुझे हाँ, पुरंदर विदर नहीं पुरंदर तो जो पुरंदर है तो कुछ लोग कहते हैं ना अरे हम चांद चंद्रमा पे गए हैं कुछ नहीं है वहां पे लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं इंद्रलोक कहलाता है यानी इंद्र वहां पे हैं स्वर्ग के इंद्र स्वर्ग के प्रमुख देवता हैं और स्वर्ग के राजा कहलाते हैं और जिस लोक में उसका उनका शासन है वो इंद्र लोक कहलाते यानी इंद्र, है।, इंद्र है और इंद्र में शासन करते यानी लोग हैं वहां पे ऐसे ही चंद्रमा पे भी सोम राजा हैं और वहां पे भी लोग हैं अब जैसे मान लो कोई अपने पहले प्लेनेट पे उतरे और मान लो राजस्थान में वो रेतों में उतर जाए कहीं ठीक है दूर रेती दूरों रेत यहाँ पे और वहां कोई दूर दूर तक तो नहीं दिखाई दे और वापस चला जाए अब क्या यार वहां तो कुछ है ही नहीं तो पर तो उसी तरीके से पता नहीं किस कोने ने गए होंगे और वहां कहा प्लेनेट छोटा थोड़ी है चंद्रमा मून वो तो जीव की वो तो जीव के ऊपर है ना कि जीव कैसे है वहां पे सूक्ष्म है कि दिखने वाले हैं कि कैसे है ये तो कोई नहीं ये तो में तो ये है कि मून पे रहते हैं लेकिन अभी नहीं ना बता क्यों कैसे हैं लेकिन अपन से तो अच्छे ही होंगे देखो सबसे सबसे थर्ड क्लास बेकार तो इस पृथ्वी लोग पे ही हाँ जैसे कब अग्नि में अग्नि में अपन देख नहीं पाएंगे किसी को अग्नि में अग्नि की तरह होते हैं वो लोग और वो क्या पता किस हिस्से में रहते हैं ऐसा थोड़ी है की पूरा मून प्लैट है तो पूरा भरा हुआ है खाली अपना जैसा पृथ्वी का पूरी भरी है कितनी खाली है समुद्री समुद्र है कहीं रहती रहता कहीं चले जंगल ही जंगल है तो फिर ऐसे ही है ना अब पता नहीं कहाँ से आगे लौट के लेकिन रहते हैं ये पक्का है शास्त्र में लिखा है चंद्रमा पे लोग रहते हैं तो रहते हैं सूर्य पे रहते हैं रहते हैं हर प्लेनेट पे लोग हैं हर प्लेनेट पे जीवात्मा है कहने का मतलब ये हर प्लेनेट पे जीव आत्मा क्या पता कि हमारा जन्म कलम चंद्रमा पे ही रह अब वहां से यहाँ यहाँ जन्म ले जाओ नीचे टपक पड़े हूँ चंद्रमा जो प्लैनेट है वो स्वर्ग की तरह ही है सुख स्वर्ग की तरह ही है चंद्र मतलब पृथ्वी से ऊपर चले जाओ स्वर्ग की तरह ही है फिर मतलब स्वर्ग थोड़ा अच्छा है लेकिन स्वर्ग की तरह ही है बस इससे नीचे जाओगे वो बेकार है नीचे नीचे बेकार बेकार है ठीक राजा इंद्र के प्रोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है क्योंकि इंद्र मुख्य है ना तो इंद्र के पुरोहित वो भी मुख्य हो गए जैसे कि एग्जांपल देते हैं प्रभु जी जैसे प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी होगी तो क्या बोलेगा मैं सेक्रेटरी हूं मतलब मैं प्रधानमंत्री मतलब सारे सभी सेक्रेटरियों में मैं प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी हूं बोले जाएगा ना एक स्पेशल तो ऐसे ही सभी पुरोहितों में मैं इंद्र का पुरोहित तो इसलिए उनकी व्याख्या और पुरोहित का मतलब होता है पुरोहित पुरहित मतलब कि दूसरों का हित करने वाला तो जो गुरु होते हैं वो दूसरों का हित करते हैं मतलब हित का उपदेश देते हैं खुद खुद जो गुरु होते हैं वो खुद क्या बोलते हैं खुद आचरण करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं हे तो उपदेश ऐसा उपदेश नहीं देते कि कोई उस उपदेश को सुन के अब हो जाए कि तुम बहुत पापी हो तुम ये हो ये करो वो करो नहीं तो तो वो और दिक्कत में आ जाए ना इस तरीके से और हम मथुरा माथा में तो पढ़ ही रहे चाहे पापी हो तापी हो दारू पीने वाला हो मथुरा सारे पाप नष्ट कर देते ठीक है जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिक समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं और समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है तो कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं मतलब तो कृष्ण की जो महानता है ना उसी के सूचक हैं सारी चीज क्योंकि कार्तिकेय में शक्ति कहाँ से आ रही है समुद्र में शक्ति कहाँ से आ रही है बृहस्पति गुरुदेव बने हुए उनमें शक्ति कहाँ से आ रही है शक्ति वहां आ रही टॉप मोस्ट जो भी गुण है वो कृष्ण से है ठीक है हरे कृष्णा तो हम थोड़ा उसकी चर्चा करते हैं मथुरा महात्मा की तो कल कहाँ पे खत्म किया था आठ पे किया था ना आठ पे खत्म किया ना ठीक है ओके तो लगा रखा मैं भूल गया <laughs> माइक नहीं लगा रखा था हरे कृष्णा मथुरा धाम की जय मथुरा महात्मा की जय चलो तो हम हमने पीछे पढ़ा था है नष्ट कर देता है। जैसे हिरण शेर को देखकर भयभीत हो जाती कर उसी प्रकार सारे पाप मथुरा के ऐसे अगर मथुरा में कुछ जाते तो हो जाते हैं अरे ये तो मथुरा में आ गए तो भागना तो जाना चाहिए मथुरा जाओगे ना मथुरा कल कल <laughs> नहीं निकलोगे तो मथुरा हो रही मथुरा के सामने टच करके निकलोगे ना तो प्रणाम करिए वैसे देखा जाए ना तो मथुरा भी नहीं जा पाते उसके लिए प्लान बनाना हैं उसके लिए प्लान बनाना पड़ता है ठीक है तो हम आगे पढ़ते हैं श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गत्वा नर ब्रमापि विशुद्ध किम पुनः पात की कोई भी मनुष्य जो श्रद्धा और भक्ति भाव से मथुरा जाता है वो ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है तो अन्य पापों के विषय में तो क्या कहा जाए ये कैम से लिबाउ कैम उत्यनाय क्या होता ऊंट, ऊंट। अगर ऊंट गंग नदी में डूब जाए तो मनुष्य तो डूबेगा, डूबेगा ना तो उसी तरीके से जब ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप है उसका जब नाश हो जाता है तो और पापों को तो कहना ही क्या तो कितना बड़ा वो देता है मथुरा स्नान पापनस्य से वह मनुष्य जो मथुरा धाम में स्नान की अभिलाषा से जाता है तो उसके हर पग पग पर पाप सारी आशा छोड़कर उसके शरीर का क्या कर देता है? यानी पाप भी कहते हैं सारी आशा छोड़ देते अब कोई आशा नहीं मान लो कोई इंसान आशा छोड़ दे किसी चीज़ की देता है वो सीधे चलता रहेगा वो आता रहेगा चलता रहेगा वो कब पीछे वापिस लौट जाएगा जब उसकी आशा खत्म हो जाएगी अब नहीं देगा तो उस तरह जो पाप है वो लगे पड़े हैं उसके पास लेकिन जब वो स्नान की अभिलाषा से मथुरा जा रहा है और पग पग पे जा रहा है कि मथुरा में स्नान करूंगा और मथुरा में चल रहा है तो फिर पाप भी आशा छोड़ देते हैं कि अब तो इससे हटना ही पड़े इस तरीके से अनुसंग तो गिजे ना सेवया मथुरा स्नान मात्रे पापम त्यक्वा देव ब्रजित ब्रजेत जो मनुष्य मथुरा केवल व्यापार के लिए जाता है और वहां स्नान करता है तो वो भी सारे पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जा जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि चलो मथुरा में चलते हैं मतलब जो भक्त नहीं है भक्तिभाव कुछ नहीं कर रहे हैं अब वो अपना कुछ धंधा बंदा कर रहे हैं। थे मथुरा में करते हैं धंधा कि देख लिया उन्होंने कि यहाँ पे टैक्सी वैक्सी चलती है चलो तो यहाँ पे व्यापार कर लेते हैं तो उन लोगों का भी हाथ तो प्रवेश होता यानी वहां पर कोई भी रह रहा है चाहे कोई भी हो कैसा भी हो वो बहुत ऊँचे पड़ते रह रहा है मात्र रहने को मिल रहा है ना जैसे कहते हैं ना कि वृंदावन में क्या करोगे अरे वृंदावन में कुछ नहीं करना ही बहुत कुछ करना है मतलब क्या करना है सोना सोना भी बहुत कुछ करना है का सोना तो सोना है वृंदावन तो में रहना ही बहुत फल प्रदान करता है नामि ग्रह सदैव तव अहस अहसा छया सदा कृत्युगम चात्र सदा चे वो तरायनम ये, ये तुम भी बोल सकते हो सामने जो मनुष्य मथुरा नाम का जब करता है मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा मथुरा उसके सारे पाप नष्ट हो जाते यानी जो कंडक्टर होगा उसके जरूर पाप नष्ट हो रहे होंगे मथुरा मथुरा जल्दी मथुरा मथुरा ना चिल्लाता रहता है ना हाँ तो हो रहे हैं ऐसा नहीं है हो नहीं रहे हैं लेकिन वो अगेन कर रहा है लेकिन हो रहे हैं उसे नहीं पता कि मथुरा बोलने से कितना में शुद्ध होगा क्योंकि जो मथुरा वृंदावन जो है ये आध्यात्मिक नाम है ठीक है वृंदावन अब सोचो ना वृंदावन नाम पड़ा कैसे हुआ, कैसे रखा है नाम हर चीज का नाम है भगवान से आया ना नाम स्टार्टिंग से और वृंदावन एक बोलने में कोई अलग ही नहीं लगता जैसे वृंदावन जगन्नाथपुरी मायापुर एक अलग ही नहीं, नहीं, नहीं लगते एकदम फीलिंग अलग नहीं आती नहीं। बताते कि मथुरा और जगन्नाथपुरी मायापुर ये दोनों तीनों सेम है ठीक है बाकी इसके अलावा कहीं जाने की सोच रहे तो घूमना मात्र मतलब फिर ये मान लो कि तुम घूमने के तौर पर जा रहे हो सब कुछ तो यही है, है।, भी कोई जा रहा है, तो तो है सारे तीर्थ यही है सतयुग चल रहा है हम कहेंगे यार कलयुग चल रहा है सत्युग होता है तो कितना अच्छा है उसके लिए सतयुग ही चल रहा है जो मथुरा में यानी मथुरा में सतयुग हमेशा वहां पे और वहां पे सतयोग वहां पे और वहां पे हमेशा है मतलब वहाँ पे रजोगुण तमोगुण है ही नहीं तरीके से और कह रहा है और उसका हर क्षण उत्तरायण के समान शुद्ध है उत्तरायण क्या होता है देखो जो योगी जो योगी वगैरह होते हैं ना ये उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं कि उत्तरायण कब आएगा तो मैं शरीर के आऊंगा तो मैं उच्च पैनेट में जाऊंगा लेकिन वहां जो मथुरा में रह रहा है वो उत्तरायण हमेशा ही चल रहा है ऐसा नहीं कि दक्षिणायन आ गया अंधेरी रात आ गई अब तो नीचे योनी में जाना पड़ेगा अब तो नर्क वगैरह जाना पड़ेगा ऐसा नहीं है लेकिन अगर जो मथुरा में रह रहा है वो पहले से ही उत्तरायण में चल रहा है यानी उत्तरायण में अगर शरीर कोई छूटता है तो वो नीच लोकों में नहीं आता मतलब है लेकिन ऐसा नहीं जो पापी है वो उत्तरायण में छोड़ देगा अगर, अगर छोड़ रहा तो पहले कुछ होगा उत्रायन समान, समान शुद्ध यह सुणोती बराहरो माथुरम मंडलम अन्य नौ शोहि पाप है प्रमुचते हे, हे सुंदर स्त्री वो जो अन्य बड़ा भगवान बोल रहे हैं भूमि देवी को भूमि देवी मतलब स्त्रीलिंग नहीं कह रहे हैं हे सुंदर स्त्री वो जो अन्य व्यक्तियों से मेरे मथुरा मंडल के बारे में श्रवण करता है वो भी हर पाप से मुक्त हो जाता है अब जैसे कोई मथुरा मंडल से घूम के आया अब मथुरा के बारे में डिस्कस कर रहा है तो जो सुन रहा है दूसरे से उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं वो भी पाप से मुक्त हो जाता है बताओ कितनी शक्तिशाली है सिर्फ मथुरा के बारे में सुनने से मथुरा मीन्स सारा लेना है हमको मथुरा मंडल मतलब मथुरा वृंदावन पूरा एरिया त्रिरात्रम त्रिरात्रम अपि तत्र नियतम तीन रात ते अत्र हे साधु अगर उन लोगों के चरण की धूल को स्पर्श किया जाए जो वहां तीन रातों तक रुका है तो वह स्पर्श व्यक्ति को शुद्ध कर देता है मान लो कि मथुरा में कोई तीन दिन के लिए रुका है अब खूब पैदल चल रहा है उसके खूब पैर रस्से हो गए हैं और उनकी चरण धूल की कोई स्पर्श कर लेता है उसके चरण धूल कोई को स्पर्श कर लेता है तो स्पर्श करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है जो स्पर्श करेगा ना वो भी शुद्ध हो जाएगा पाताल खंडे हर गौरी संवाद तो पदम पुराण में भगवान शिव और गौरी माँ के संवाद में बताया गया बताया है मतलब पदम पुराण में बताया गया भगवान शिव और गौरी माँ के संबंध में क्या बताया गया है कृष्ण क्रीड़ा करम स्थानम सुचि यत्र पुण्या मधुपुरी यनाशिनी मतलब यमुना का तट वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीला करते हैं जो उन्हें अत्यंत आनंद देती है इस तट पर पवित्र मथुरापुरी स्थित है जो हर पाप नष्ट कर देती है उस तट पे जहा भगवान पहले करते होंगे स्नान मतलब तट पे लीलाएं करते होंगे क्रीडाएं करते होंगे वो तट कौन सा वो मथुरा मतलब वो तट ना वो तो कह रहे हैं वो इसलिए सारे पाप नष्ट करने वाले ंग का तथा महंती पापानी दहते मथुरापुरी जैसे चिंगारी से त्रण समूह में आग लग जाती है वैसे ही मथुरापुरी महान पापों को भी जला देती है इसमें बार बार आ रहा है ना पापों को नष्ट कर देती पापों को नष्ट कर चैप्टर का नाम नहीं है मथुरा पाप नष्ट करने वाली पढ़ा था स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम क्या है मथुरा सभी पाप नष्ट करने वाली तो इसलिए सारे श्लोक से आएंगे पाप वाले फिर आया के यार रहने मात्र से कितना वो है मतलब चेप्टर चेप्टर है है मतलब मतलब चैप्टर चैप्टर चैप्टर ना तो उसकी गुणगान मतलब तो ऐसे बहुत सारे हैं इसकंद, काशी में इसकंद पुराण के काशी में वर्णन है, क्या वर्णन हैनम प्राप्त यमुना आज्ञव स्थान यद्य हरिमेद सापो अंत प्राप्य निष्पापो जाये ते ध्रुवम यह मनोहारी मधुवन यमुना के तट पर स्थित है मनोहारी जो है ना मधुवन वो कहाँ पे यमुना के तट पर स्थित है यह भगवान श्री कृष्ण का मूल स्थान है और यह उन लोगों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है जिनका चित्र श्री कृष्ण में स्थिर हो कोई पापी भी यदि कोई पापी व्यक्ति यदि वहां आ जाता है तो वह तक्षण पापों से मुक्त हो जाता है तक्षण मतलब तुरंत तुरंत तो पापों से मुक्त हो जाता है अध्याय दो तो अध्याय चैप्टर वन खत्म हो गया अध्याय कल्पना ठीक है अध्याय कौन सा है मथुरा का पुण्य प्रदान करने का गुण मथुरा में क्या क्या गुण है जो पुण्य प्रदान करते हैं अभी तक तो पाप नष्ट करने वाले संदेह अब आएंगे मथुरा क्या गुण है जो पुण्य प्रदान करता है ठीक है जय हरे जिस दिन जल्दी क्लास होगी उस दिन मैसेज आएगा जिस दिन मैसेज नहीं आएगा उस दिन वही क्लास होगी साढ़े से नौ के बीच में लिंक आएगा तभी ज्वाइन करना ठीक है अरे no. कृष्णा